दतिया जिले में भी अब खेतों में सन्नाटा पसरा हुआ है किसानों के घर मातम का माहौल है गृह मंत्री डॉ नरोत्तरम मिश्रा ऐसे में ऊला प्रभावित गांव में पहुंचे और क्षतिग्रस्त हुई फसलों का जायजा लिया मिश्रा ने पीड़ित किसान परिवारों से मुलाकात की और उन्हें नुकसान की हर संभव मदद किए जाने का आश्वासन दिया मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया जनपद पंचायत के ओलावृष्टि प्रभावित सनोरा, बरोदी राजपुरा आदि ग्रामों में खेतों में खड़ी हुई क्षतिग्रस्त गेहूं की फसल का जायजा लेने पहुंचे। किसानों और ग्रामीणों से चर्चा कर उन्होंने ढांडर बंधाती हुए कहा की वे चिंता न करें केंद्र एवं राज्य सरकार उनके साथ है ओलावृष्टि ऐसी क्षतिग्रस्त हुई फसलों का हर संभव सहायता शासन ऐसी दिलाई जाएगी उन्होंने कहा कि इस दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ भी किसानों को मिलेगा मिश्रा के दौरे के दौरान कलेक्टर संजय कुमार ने बताया कि क्षतिग्रस्त फसलों का कृषि उद्यानिकी एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का संयुक्त दल सर्वे कर रहा है आकलन रिपोर्ट आने के बाद पीड़ित किसानों को नियम अनुसार राहत राशि उपलब्ध कराई जाएगी इस दौरान जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण तथा किसान बड़ी संख्या में उपस्थित थे जगह जगह पर नरोत्तम मिश्रा के साथ किसान परिवार की महिलाएं रो रही थी इन महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल था किसी की यहाँ शादी है तो किसी के गहने गिर भी रखे हुए हैं नरोत्तम ने सबको ढांढस बनाया और कहा कि इस मुसीबत की घड़ी में सरकार आपके साथ मोबाइल लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं मानी मुख्यमंत्री जी भी स्वयं खेत खेत पे जा रहे हैं मैं भी जगह जगह गया किसानों को हम बत्तीस हज़ार रुपया हेक्टेयर का मुआवजा देंगे और इसके बाद बीमा भी दिलवाएंगे जिसके उसकी पूरी प्रतिपूर्ति हो जाएगी अगर इनका जो ओला पीड़ित किसान है इनकी बेटी की शादी है तो उसे सिर्फ पचास हजार रुपया अलग से देंगे कर्ज वसूली स्थगित कर दी गई और जो पिछले साल कर्ज भरेंगे तो उसका ब्याज भी सरकार भरेगी किसान को नहीं भरना पड़ेगा ये जो पोर्टल बंद हो गया था इन सब के लिए अब 24 से 24 मार्च से 26 मार्च तक और पोर्टल खुलवाने की बात की गई है जो गेहूँ हमारा हवा के कारण या पानी के कारण लेट जाता है उसका दाना पतला होता है तो उसकी खरीदी के लिए भी केंद्र सरकार से बात यार अजय करोके